म्यूचुअल फंड में बहुत लोग पैसा डाल रहे हैं और एसआईपी के थ्रू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब कभी हम म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं तो दोस्तों को पूछ लेते हैं कभी ऐसे ही फैक्ट निकाल के देख लेते हैं कि कौन सा परफॉर्मिंग है कौन सा परफॉर्मिंग नहीं है तो हम पास्ट रिकॉर्ड्स जैसे कि ये एक साल में कोई चौदह रिटर्न दिया है या फिर कोई ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न कंटिन्यूसली दो तीन साल दिया हुआ है तो इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आप अगर ऐसा ही कर रहे हैं तो ऐसा गलती ना करें म्यूचुअल फंड्स एजेंट्स हैं म्यूचुअल फ़ंड एडवाइज़र्स हैं उनके साथ मिलके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे म्यूचुअल फ़ंड एजेंट के थ्रू एडवाइजर के थ्रू आप अगर इन्वेस्ट करते हैं अच्छे एडवाइजर के थ्रू तो आपको रिटर्न को आउट परफॉर्मिंग कर सकते हैं और कैसे रिजल्ट आ सकते हैं ठीक है तो जनरली जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो जनरली यहाँ पर पास्ट रिकॉर्ड देख लेते हैं कि यहाँ ये ग्रोथ हो रहा है दो साल में तीस का रिटर्न दिया है तो आगे जाके भी ऐसे देगा लेकिन ऐसा नहीं है मार्केट लास्ट दो साल तीन साल में परफॉर्म किया हुआ है इसलिए अच्छे रिटर्न्स आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं लेकिन आप अगर यहाँ पर टेनियर डाटा में या सात आठ साल के पीछे चले जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये भी कभी नॉन परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड हुआ करते थे तो एक ऐसे परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंडस में आ गए परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स में इसलिए आगे क्योंकि इनमें इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें हो सकता है कुछ शेयर्स बहुत आउट परफॉर्म कर लिए इसलिए उनका रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है तो कुछ लोग तो हैं यहाँ पे तीन महीने चार महीने में जो भी सबसे अच्छा रिटर्न दिया है उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं लेकिन ऐसा ना करें आपका पैसा फंस जाने का चांसेस है आप बहुत सारे पैसा नुकसान भी कर सकते हैं जनरली एडवाइजर क्या करते हैं इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड का जो प्रोस्पेक्ट होता है क्यों ये फंड बनाया गया उसको समझते हैं उसके हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट्स को मैच करके आपको फंड्स देते हैं अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ वाले फ़ंड्स देंगे आपको अगर डिफेंसिव सेफ चाहिए तो सेफ देंगे या फिर आपको अगर इनकम ओरिएंटेड चाहिए तो उस रिलेटेड फंड देंगे लगभग दो हज़ार से ज़्यादा फंड्स हैं उनमें से आप अगर ऐसे रिटर्न्स वाइज देख के इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये दो तीन साल बहुत लंबा चला मार्केट तो बहुत अच्छा है लेकिन बुल रन दो साल अठारह महीने चौबीस महीने ऐसे ही उसके बाद बुल रन में थोड़ा कैपिंग आ जाता है बुलडन नहीं मिलता दो तीन सालों के लिए अभी अगर ऐसे ही आप रिटर्न्स दे इन्वेस्ट कर रहे हो तो फंस जाने का चांसेस है आपका एजेंट आपका एडवाइजर क्या करता है देखिए लेट सपोज आप महीने का दस हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो कितने सालों के लिए पंद्रह सालों के लिए ठीक है तो आप परसेंटेज एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हो अगर आप नॉर्मली आप अगर इंडिविजुअली खुद से रिसर्च करके डाल रहे हो फ्री एडवाइस लेके तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है आप कभी भी आउट परफॉर्मस नहीं हो सकते आपको एवरेज रिटर्न टेंशन 12 परसेंट ही मिल सकता है ठीक है क्योंकि आप दो तीन म्यूचुअल फंड्स लोगे कोई म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा कोई म्यूचुअल फ़ंड खराब परफॉर्म करेगा तो एवरेज हम 12 परसेंट का रिटर्न एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं तो आप अठारह लाख ,00 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बत्तीस लाख ,00 का आपको वेल्थ गेन होगा जो कि पचास लाख ,00 तक आएगा मतलब पंद्रह साल में आप अट्ठारह लाख ,00 को पचास लाख कन्वर्ट कर पाए अगर आपका लक सही रहा लक अगर सही रहा और आपने जो जो चुने थे तो 15% परसेंट जेनरली मैंने जितने एडवा मतलब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को देखा है जो लॉन्ग टर्म में आप दो तीन साल का आपका रिकॉर्ड आप बता नहीं सकते आप अगर पाँच दस सालों में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं उनका रिकॉर्ड देखा हूँ तो वो थोड़ा सा आउट परफॉर्म करते हैं 18 लाख का 70 लाख तक पहुँचा सकते हैं मतलब अगर आप रैंडम कर रहे हैं तो पचास लाख अगर आप थोड़ा सा लक अच्छा रहा क्योंकि आप तो लक के ऊपर ही फोकस कर रहे हो क्योंकि आपके पास तो मतलब उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है डीप नॉलेज पोर्टफोलियो के एनालिसिस करके सेक्टर को एनालिसिस करके आप म्यूचुअल फंड उठा सको तो आप साठ सत्तर लाख तक आपका म्यूचुअल फंड रिटर्न दे सकता है लेकिन जब आप एडवाइजर के थ्रू जाते हो तो उनका जनरली एवरेज रहता है अठारह मतलब वही अठारह लाख का आपको नब्बे लाख हो सकता है लगभग पाँच गुना ठीक है तो यहां पे एक सीखने की बात है देखिए लक आपका कैसा है मैं नहीं बता सकता लेकिन आप अगर खुद से इन्वेस्ट करते हो तो आप 18 लाख का 50 या 60 लाख तक ले सकते हो ये ऑन एन एवरेज लेकिन एक एडवाइजर 18 परसेंट से भी ज्यादा आपको रिटर्न्स दे सकता है मतलब 90 लाख 30 लाख का डिफरेंस आ रहा है लेकिन हम ये तीस लाख का गेंद नहीं देख रहे हैं वो क्या ले रहा है फीस ले रहा है कमीशन्स ले रहा है कितना कमीशन्स ले रहा है एक एक म्यूचुअल फंड का आपका साल का कुछ कुछ रुपए में होगा थाउजेंड भी नहीं होगा क्या एस आई में जितना डिडक्शन होगा तो ये देख के आप हट जाते हो और ये जो बड़ा मौका है साठ लाख से लेके नब्बे लाख तक तीस लाख का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकता है आपको बल्कि उसको फीस देना चाहिए ठीक है तो आप अगर कोई म्यूचुअल फंड एजेंट है एडवाइज़र है हो सकता है तो उसके साथ इन्वेस्ट करें तो वो जो आपको एडवाइस करता है तो आपका वेल्थ बहुत अच्छा गेन होता है प्रोफेशनल को दीजिए आप हो सकते हो एक आईटी प्रोफेशनल या फिर कुछ भी हो सकते हो तो आप मैं अगर मैं खुद का काम करूँगा आपको नहीं दूंगा तो हो सकता है मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो ये तीस साल का डिफरेंस तीस लाख का डिफरेंस के लिए आप अगर उसके साथ नहीं करना चाहते हो तो अगर वो फी सामने से मांग रहा है आपको एडवाइस करने के लिए तो दस बीस हज़ार रुपये लाख के अगेंस्ट में कोई बड़ा अमाउंट नहीं है ठीक है तो अगर आपको 50 लाख 60 लाख से 90 लाख बना सकता है वो तो अगर उसको 10 बीस हजार आप ऑफ फी भी देकर खुद से भी करते हो ना तब भी आप फायदे में रहते हो समझ समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइए खुद से इन्वेस्ट करोगे तो 50 60 लाख बना पाओगे दस का एस आई साल में एवरेज आप अपना खुद का हिस्ट्री आप दो तीन साल का नहीं देख सकते क्योंकि दो तीन साल में गधे के बच्चे ने भी पैसा बनाया है म्यूचुअल फंड में यह दो तीन साल फिर से चार पांच साल बाद आने वाला है बुलरन ऐसे कंटिन्यू करता नहीं है बुलर रन मार्केट में अगर आपको दिखाऊं तो अगर आप देखोगे ये था सर बुलरन आपका जो म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स मिला है 2020 से लेके टू से लेके 21 अक्टूबर के बाद लेकिन अभी से जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना मार्केट साइडवाइज चल रहा है और देखिए मार्केट साइड वाइज कहाँ से चलता है ऐसे है कि लॉन्ग रन 17 2017 से लेके बीस तीन चार साल या फिर आप अगर देखोगे दो हजार से लेके 2017 तक उतना कुछ द, 2020 तक उतना कुछ डिफरेंस नहीं आया मार्केट में तो आप अगर जब लॉन्ग टर्म खेलते हो ना दस साल बीस साल वहाँ पर बहुत अच्छा पैसा बन सकता है वहाँ पर आप बीस लाख तीस लाख दस लाख में दस हजार में एसआईपी से बना सकते हो तो वहाँ पे ऐसे छोटे चिंदी चीज़ें ना करें चीप चीज़ें ना सोचे। एडवाइज़र को दे हैंडल करने के लिए जो म्यूचुअल फंड एडवाइज़र है नहीं आपको नहीं, लगता है कि वो ट्रेल कमीशन ज़्यादा ले जाएगा ऑफ फी देना ऑफ फ्रंट फी, फी दस बीस हज़ार अगर कोई अच्छा सा फंड आपको तीन बता रहा है दे दीजिए हमारे पास भी बहुत अच्छे फंड्स हैं मैंने कुछ फार्मा फंड 2017 में कुछ लोगों को दिया था उसमें बहुत अच्छे फिनोमिनल रिटर्न्स पाए थे सेक्टर फंड्स हैं बहुत अमेजिंग फंड्स हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स फ्यूचर में मिल सकता है 10-15 सालों में और वो एडवाइज़र भी आपको बताता है कब पैसा विड्रॉ करना है और कब पैसा और पम्प इन करना है उसके साथ जाओगे तो डेफिनेटली पैसा बनेगा बस तो ऐसे छोटे छोटे सोच से आप दूर रहें दस साल पंद्रह साल में तीस लाख ज़्यादा बनाने के लिए दस बीस हज़ार बड़ा अमाउंट नहीं है ठीक है आपको अगर म्यूचुअल फंड का नॉलेज चाहिए आप अगर खुद से करना नहीं चाहते हो हमारा हेल्प लेना चाहते हैं तो हम भी एडवाइज़ करते हैं हम रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हैं हम आपको एडवाइज़ कर सकते हैं अच्छे फंड हमारे लिस्ट में अभी तीन चार ऐसे फंड्स हैं जो मार्केट को आउटफरफॉर्म कर सकते हैं मिनिमम अठारह परसेंट बीस परसेंट से ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं पाँच सात सालों में कंटिन्यूसली हो सकता है डबल भी दो साल में हो सके तो ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं आप अगर करना चाहेंगे तो मेरा नंबर मेरा डिटेल सारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है काइंडली कॉन्टैक्ट करें थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक